सदा भवानी दाहिनी री माई सनमुख रह गणेश मेरी ज्वाला मैया सनमुख रह गणेश पांच देव मैया पांच देव मैया पांच देव रक्षा करे री माई ब्रह्मा विष्णु महेश भजन ज्वाला के करो हो मा ज्वाला तो आ गई मोरी पाओ नी मैया लंगो रे ओ बीरा लंगो घरों दो ही पा छर भूली कड़ी में मोरी खबर खबरदार दाई राज में तोरों पेरा इंगदाज में मा अरे तोनों पैरो तैयो मूरी खबर शारदा लै लाल खबर शारदाइ मूरी खबर शारदाबर शारदा लै मूरी खबर शारदा लै खबर शारदा लै मूरी खबर शारदा लै लाल श्र कहें शत्रु के बाने बेईश्र कहें शत्रु के बाने छीन के मोखा मौख लै हामोरी दुख हर दो मैया दुख हर दो मैया दुख हर दो मैया कर दो कृपा माई तुम्हें नवाऊ माथ देवी के जस गालियो हो माँ माए मोरी सेवा करें की पत राखियो तई तो शक्ति अपार तई शक्ति अपार कमल बदन कोमल पगवाली काली बकराली कंकाली काली बकराली कंकाली तुम कमला कल्याणी कल तुम्हारी कला को उन्हें न जानी अष्टभुजा धारी जगदम्बे करती सिंह सवारी अम्बे करती सिंह सवारी अम्बे जग जननी महारानी तुम्हारी कला को उन्हें न जानी हमारी सवेरे करो आरती सांझ सवेरे मैया करो आरती कंचन थार कपूर की बाती कंचन थार कपूर की बाती बाफरे तो बेदी हुमानी तुम्हारी कला को उन्हें न जानी मुई माता आ गोदी भर झूमर मान तो से ओली तो से सो तयो मैं ही ने बाट आओ माँ जगता बा महाई भोरी जगदम्बा महाई अटल क्षत्र सिंहासन सोहे मूर्त मधुर समाई रे तगर की चर पलकियां किया मल्यागे तो खंब हो गई हमारी यहां हो गई हमारी मैया हो गई हमारी ए तरन पखारे मैया के बै चलो रे दुर्गा माँ को लगो है दरबार रे राजी मैया हो हर सा